सो हेलो एवरीबडी कैसे आप सब आईओप अच्छे होंगे मैं के संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों तो देख सकते हो यह है मेरठ मोड़ और यहां से आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे दुहाई तक का व्यू देने वाले हैं इस दिल्ली मेरठ आर आर टी को जो बनाया जा रहा है तेजी के साथ में और इसका प्रियोरिटी सेक्शन अभी बहुत जल्द ही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 और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो पर केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तो आज लोगों आज लो आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ गुलढ़ का स्टेशन के गुल्ढर के स्टेशन पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है क्या क्या वर्क अभी रह गया है और उसके बाद में फिर आपको दुहाई का स्टेशन दिखाने वाला हूं कि वहां पर कितना कुछ काम वर्क कम्प्लीट हो चुका है क्या क्या वर्क अभी इस टाइम पर चल रहा है क्या क्या किया जा रहा है तो वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो देख सकते हैं ये है घोकना मोड़ और मेरे राइट हैंड पर पड़ेगी सीरम पिस्टन फैक्ट्री जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएँगे तो आ जाएगा डी का चौराया उसको क्रॉस करने के बाद में फिर आ जाएगा राजनगर एक्सटेंशन जो जहाँ पे ये फ्लाइवर बनाया गया और जैसे ही फ्लाइवर को क्रॉस करने के बाद में दोस्तों गुल्डर का स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा आरआरटीएस का और उस पर आपको बता दूं कि उस पर जो बर्क है वो बिल्कुल ही नाइन्टी परसेंट हो चुका है कंप्लीट दस परसेंट ही बचा है वो भी आपको बता दूं कि एक साइड का तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट बन चुका है दूसरी साइड का अभी उस पर तैयारी चल रही है दोस्तों बाकी तो सारा काम हो ही चुका है और जो अंदर के आपको बता दूं जो स्क्रीन डोर्स हैं वो भी लगा दिए जा चुके हैं अब जो प्लेटफॉर्म के अंदर का जो फिनिशिंग का काम है वो चल रहा है गुलडर के स्टेशन पर दोस्तों तो आप लोग देखो और एंजॉय करो और आपको बता दूं कि जो सेफ्टी बोर्ड हैं देख देख सकते हो वो सारे हटा दिए जा चुके हैं और इन पर आपको बता दूँ बीच का डिवाइडर बनाया जा रहा है इन पर मिट्टी डाली जा रही है और मिट्टी डाल लेने के बाद में फिर इस पर प्लांटेशन कर दी जा रही है दोस्तों तो तेज़ी के साथ में यही काम चल रहा है तो एक साइड के तो इसमें सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं दूसरी साइड में अभी कहीं कहीं बचे हैं और इन पर देख सकते हो लैंड भी कर दी इन्होंने मतलब कि पेंट कर दिया दोस्तों तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गुलडर के स्टेशन के गुल्ढर के स्टेशन पर कितना कुछ वर्क चल रहा है अभी क्या क्या वर्क हो चुका है कंप्लीट वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के संत के चैनल पर के संत लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तो देख सकते हैं ये आ चुका है गुलडर के स्टेशन गुलडर के स्टेशन पर आपको बता दूं जो प्लेटफॉर्म लेवल का जो आपको टीन साइड का काम था वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों जो अंदर के स्क्रीन डोर से थे तो वो भी लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों अब इस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है और साइडों में इस पर अभी देखो ये लगाए जा रहे हैं देखो इस तरीके से ये आपको बता दूँ कि ये सन बनाने का काम चल रहा है जो सन तो बना दिया उसके साइडों का काम चल रहा है और एक साइड का आपको बता दो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है और आपको बता दो वॉकवे भी बन चुका कनेक्ट हो चुका है अब ये लेफ़्ट हैंड वाला ही बचा है और लेफ्ट हैंड वाला आगे आप लोगों को देखने मिली है वहाँ पर मकान वो तोड़ दिया जा चुका है उसकी सफाई चल रही है अब उसमें बस उसका फाउंडेशन बनाया जा रहा है और फाउंडेशन बनाने के बाद में फिर तो आपको पता ही है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें कोई पिस को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना आप लोग ठीक है दोस्तों चुके हैं देख सकते हैं दुहाई के स्टेशन पर आर का जो बनाया जा रहा है और इस पे भी बहुत तेजी के साथ में बर्क चल रहा है अभी वो बर्क इसलिए चल रहा है कि वो आगे डिपो है और डिपो से ही स्टार्ट होगा ये प्रायोरिटी सेक्शन 17 किलोमीटर का पार्ट जो कि साईबाबाद से और दुहाई के बीच में चलाया जाना तो ये मेन आपको बता दिए प्लेटफॉर्म था तो इस वजह से इसकी वजह से भी थोड़ा काम मेट्रो डिले हो रही है मतलब आरआरटीएस डिले हो रही है दोस्तों रैपिड रेल तो इसी को मद्देनजर रखते हुए तेजी के साथ उस पर दिन रात वर्क चल रहा है और आपको बता दो एंट्री जो एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं दोनों साइडों में एक तो ये लेफ्ट में है मेरे एक आगे बनाया जा रहा है और इस पर आपको बता दो तो, तीन सेट का जो सेड है वो भी बना लिया जा चुका है अब इस बस सनरूप डालने का काम चल रहा है तेजी के साथ में दोस्तों और इस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है अभी इस पर इस स्क्रीन डोर भी लगाए जा रहे हैं और इस पर स्टेशन पर अभी स्टेयर भी बनाए जा रहे हैं और इस पर एक्सीटर भी लगाए जा रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि दिन रात काम चल रहा है यहाँ पर तेजी के साथ में इस प्लेटफॉर्म पर तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए दोस्तों और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बैलाइन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपिसंत के चैनल पर दोस्तों केपिसंत आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों और आपको बता दूँ कि अभी रिसेंटले में ही यहाँ पर रोड भी बना दी जा चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटी फाटी रोड थी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा जाम रहता था तो देखो पहले एक लेयर पहले डाली थी फिर दूसरी लेयर अब डाल दिए तो बिल्कुल ये कंप्लीट कर दिया है इन्होंने देख सकते हो आप लोग अपनी आँखों से और इधर देख सकते हो यह आपको बता दूं ओवरहेड वायरिंग का काम चल रहा है देख सकते हो ये ओवरहेड वायरिंग लगाई जा रही है इस पर इलेक्ट्रिकसिटी के खम्भे लगा दिए हैं इलेक्ट्रिकसिटी के खम्भे लगाए जाने के बाद में दोस्तों अब देख सकते हो ओवर हेड और ओवरहेड वायरिंग का काम चल रहा है इस दुआई के स्टेशन पर आप अपनी आँखों से देख सकते हो दोस्तों क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाता और बताता रहता हूँ दोस्तों आप लोग देख सकते हो क्योंकि यही पैच रह गया था और इस पर अब ये कनेक्ट कर दिया जा चुका है दुहाई के स्टेशन से क्योंकि ये अभी बता दूँ कि दुहाई डिपो में जा रहा था उस पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी के खम्भे बचे हुए थे वो देखो तेज़ी के साथ में लगाए जा रहे हैं उस पर ट्रैक भी बिछा दिया जा चुका है जैके कि जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था दोस्तों तो उसी तरीके से इस पर वर्क चल रहा है और अभी अभी और अभी आगे को दिखाने वाला हूँ आप लोग बने रहिए बस के संत के साथ में और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो दोस्तों अपने हितों रिश्तेदार में दोस्ती यारी में जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो करो मैं ये चाहता हूँ कस बस मेरी वीडियो शेयर होनी चाहिए दोस्तों और शेयर करोगे तभी कुछ मिलेगा और तभी मैं आप लोगों के बाद बीच में अपडेट ला पाऊंगा नए नए आप लोगों को दिखा पाऊंगा दोस्तों तो देख सकते हो एक तो दुआई एक तो दुहाई डिपो के अंदर चला जाता लेफ्ट वाला और राइट वाला चला जाता सीधा मेरठ के लिए मुरादनगर मोदी नगर, नगर मेरठ ऐसे निकल जाएगा दोस्तों तस्वीरें तो आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से और यहाँ से हम चलेंगे यू लेकर चलेंगे अब दूसरी साइड को भी आप लोगों को दिखाएंगे दूसरी साइड का भी आप लोग देख लो कि क्या क्या वर्क चल रहा है उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों तो देखो एक साइड के तो सेफ्टी बोर्ड हटा दिए जा चुके हैं इस साइड के हटा दिए हैं उस साइड के अभी बचे हुए हैं क्योंकि वर्क चल रहा है तेजी के साथ में क्योंकि इस पर ट्रैक तो बिछा दिया जा चुका है वो तो आप लोगों को पता ही है और इस पर अभी इलेक्ट्रिकसिटी के खंभे लगाए जा रहे हैं उन पर ओवर हेड वायरिंग का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे और दोनों साइडों में अभी आपको बता दूं एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं दोनों साइडों में तो एक तो जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है एक तो क्लियर हो चुका है अभी तीन बाकी बचे हुए हैं तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे आगे बस बने रहिए केपी पी के साथ में और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत तो बेलाइकन भजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के के चैनल पर दोस्तों के आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों डेली के डेली तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो के के चैनल को दोस्तों और के को बताओ कि आपके शहर में कहाँ वर्क चल रहा है कि किस चीज़ का वर्क चल रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और बताऊँगा अभी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके बताओ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तो देख सकते हो ये टीन सेट बिल्कुल इन्होंने जोड़ दिया अब इस पर सनरूफ डालने का काम चल रहा है यानी कि टीन सेट डाला जाएगा अब इस पर तो देख सकते हो इधर ये एक्सीटर रखे हुए हैं एक्सीटर भी अभी लगाए जाने इस प्लेटफॉर्म पर और इस पे यानी कि एंट्री और एग्जिट पे तो इधर भी अभी एक्सीटर लगाए जा रहे हैं देख सकते इधर एक साइड का तो ये कम्प्लीट सही हो गया मतलब कि आधा काम हो गया पचास परसेंट पचास परसेंट अभी बचा हुआ है और देखो ये बॉक है ये भी इन्होंने फ्लोरिंग इसका कर दिया है तो यही बचा था जब मैंने पिछली वीडियो वीडियो में दिखाया था तब इसका सरियों का जाल बना दिया था लेकिन इस पर कॉन्क्रीट नहीं हुआ था इस पर बॉक वे लेकिन अब वो भी कम्प्लीट कर लिया जा चुका है दोस्तों अब चलते हैं दूसरे बाल ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे उसपे कितना कुछ वर्क हो गया वो भी आप लोग अपनी आंखों से देख लो दोस्तों क्योंकि दोनों साइड साइडों के आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग बताना मुझे के के पी के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं और जैसा कि आप लोगों को पता ही है ये इकतीस करोड़ की लागत से ये आर आर बनाया जा रहा है बयासी किलोमीटर का रूट है और इस पर वन किलोमीटर की रफ़्तार से इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों तो यही है और बाकी आप ये देख लो एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ पर ये बनाया जा रहा है आप लोग अपनी आँखों से देख लो ये तीन साइड लगे हुए हैं ये एंट्री एग्जिट पॉइंट ही बनाया जा रहा है तो आप लोग देख सकते हो दोनों साइड में ही बनाया जा रहा है इधर भी उधर भी तो उधर तो अभी फाउंडेशन बनाया जा रहा था उसमें पिलर खड़े कर दिए गए हैं इधर भी फाउंडेशन नीचे का बन गया और ऊपर के पिलर अब खड़े किए जा रहे हैं देख सकते हो अपनी आँखों से दोस्तों देखो ये दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट एक तो पहला वाला दूसरा ये रहा और ऐसे ही उस साइड में भी है तो उस साइड का भी एक बन गया दूसरे पर भी काम स्टार्ट होगा दोस्तों देखो ये एंट्री एग्जिट तो इसके पिलर बना लिए जा चुके खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा देखो दूसरा एंट्री एग, एग्जिस्टमेंट वो बनाया जा रहा था तमाम तो वो पिलर देखो खड़ा कर दिया है अब जोड़ने का ही काम चल रहा है तेजी के साथ में वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन हो तो प्रेस कर देना तुरंत बैलाइकन भा देना चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत